हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एम टोल कैप्टन आज की जो वीडियो है वो लाइव स्ट्रीमर्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग वाली होने वाली है और जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं फ्री फायर गेम में उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाली है अब मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों होने वाली है इससे पहले आपको बता दूँ कि भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं आपको बता दूँ पार्टनर प्रोग्राम में मैं आ चुका हूँ और मुझे 50, फिफ्टी थाउजेंड डायमंडस मिल चुके हैं और हम लोग को हिप हॉप का टू का बन हिप हॉप जो सीज़न टू थी उसका बर्नर भी मिल चुका है यहाँ पे आपको गिव अवे होने वाला है कितने डायमंडस का ट्वेंटी थाउजेंड डायमंडस का गिव अवे होने वाला है के पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को एंड में देखना भाई एंड तक देखना भाई वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर mm. गरेना ने पार्टनर मैं पार्टनर प्रोग्राम में गया था तो भाई गरेना ने मेरे को एक फाइल भेजी है जिससे कि मेरे एकदम ऑफिशियली फाइल भेजी है गरेना ने जिससे कि मेरे को लाइव स्ट्रीम करने में कोई भी तकलीफ़ नहीं आने वाली है आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई जो भी एक्स के सभी के कपड़े हैं भाई जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो फ्री आइटम्स हम लोग को फ्री देखने को मिलती है वो हमें यहाँ पे मिली है आप लोग इसे लाइव स्ट्रीम में पहनोगे तो भाई बहुत ज़्यादा पी वाला लगने वाला है ये यहाँ पर देख सकते हो और ये जो फाइल है वो खुद ऑफिशियली गैना ने रिलीज की है अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो इसका पार्ट टू आएगा जिसके अंदर जिसके अंदर हम लोग क्रिमिनल बंडल भी देने वाले हैं इस वीडियो में आपको इस फाइल में हम लोग को क्रिमिनल बंडल नहीं मिलने वाला है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप ये फ़ाइल कहाँ से ले सकते हो वीडियो को वीडियो की जो फाइल है वो डाउनलोड करने के लिए ये क्योंकि ये गरेना ने दी थी इसके मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता गरेना ने ऑफिशियली दी थी इसलिए मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता हूँ इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो और मुझे मैसेज कर दो मैं वहाँ पे आपको फाइल लिंक मिल जाएगी या फिर अगर और क्रिमिनल बंडल जो आने वाला है पार्ट टू में इस ऐसा ही आपको क्रिमिनल बंडल क्योंकि मैंने घरेना को पूछा तो भाई ग्रहना ने कहा है कि पा, पार्टनर प्रोग्राम में अगला आपको क्रिमिनल बंडल मिलेगा चारों के चारों क्रिमिनल बंडल आपको मिल जाएंगे इसके लिए वीडियो को आज तक ज़रूर देखना और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बेलाइकोन दबा देना क्योंकि मैं कभी भी वीडियो डाल सकता हूं और आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज़ आपको देखने को मिलने वाली यहाँ पर आप हैर देख सकते हैं भाई साहब बहुत ज़्यादा ऊपी वाले लग रहे हैं बंडल पूरा बेल अब बात करते हैं आप लोगों को मिल कैसे आपको क्या करना है इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो कर देना है M12 ट्वेल्व कैप्टन सर्च करके मुझे फॉलो कर देना है वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा फाइल और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जो जो बंदा चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको 500 डायमंड्स मिलने वाले हैं पार्टनर प्रोग्राम की तरफ से जो जो बंदा सब्सक्राइब करता है जिसके पास आलुक नहीं है गरे खुद उसको ऑफिशली देने वाली है इलाई एक एक करके हम लोग एम रखने वाले हैं 50 सब्सक्राइबर हो गए तो एक ही वेवे होगा 100 सब्सक्राइबर हो गए तो एक ही वे होगा 150 सब्सक्राइबर हो गए ऐसे ऐसा करके करके हम लोग 20,000 डायमंड्स का गिव अवे करने वाले हैं और ये जो फाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम ऑफिशियली ग्रह रिलीज की है जिससे कि आपके अकाउंट में सारी चीज़ें एकदम ऐसी दिखने वाली है और ये एक चीज़ बता दूँ अगर आप ये पहनते हो तो आपको दोस्तों को भी ये वाली चीज़ें देखने को मिलने वाली है क्योंकि ये फाइल ऑफिशियली घरे नहीं की इसलिए आपके दोस्तों भी आपके दोस्त भी ये देख सकते हैं भाई अगर आपके दोस्त देखेंगे तो भाई बोलेंगे भाई तू तो प्रो है भाई तू तो प्रो है भाई एकदम मज़ा आने वाला है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगले वीडियो में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी अगर आपको लिंक की ज़रूरत अभी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके मैं मैसेज कर दो मैं आपको इंस्टाग्राम पे ये वाले फाइल की लिंक दे दूँगा और क्रिमिनल बंडल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अगले पार्ट में हम लोग देने वाले हैं क्रिमिनल बंडल आगे और भी करने वाले हैं क्योंकि गले जब मेरे को क्रिमिनल बंडल की फाइल भेजेगी जी से तो मैं वो आपको दे दूँगा इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है या फिर डायमंड्स की डायमंड्स की ज़रूरत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जो भी बंदा मेरे को मैसेज करेगा उसको 500 डायमंड्स मिलने वाले इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना इंस्टा के आइडिया पर आप मेरी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक लाइक ज़रूर कर देना यह फाइल जो है वो आपको मिल जाएगी कब मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन है उसको ऑन कर देना है जब भी मैं वीडियो डालूँगा उसके आपको फाइल मिल जाएगी और और भाई बात सुनो फिफ ट्वेंटी थाउजेंड डायमंडस का गिवअप हो रहा है बिल्कुल फ्री आपको मिलेगी एक एक बंदे को टेन थाउ टेन थाउजेंड डायमंड डायमंड्स मिलेंगे जिसको भी अपने आईडी में 1000 थाउजेंड डायमंड चाहिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे मैं गिव अवे करूँगा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इमोट जो है यहाँ पे ड्रैगन वाला इमोट आप लोग देखते होंगे कि यूट्यूबर के अब पास ये वाला होता है लेकिन वो फेक होता है भाई एकदम फेक होता है वैसे ये लोग हमारे तरह ही ये चीज़ें पार्टनर प्रोग्राम में ऐसी चीज़ें मिलती है आप लोग भी पार्टनर प्रोग्राम में जा सकते हो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग पार्टनर प्रोग्राम में कैसे जा सकते हो अरे भाई पार्टनर प्रोग्राम में जाओगे ना तो आप लोगों को 50,000 डायमंड्स मिलने वाले फिफ्टी थाउजेंड आप यहां पर देख सकते हो भाई जो फायर की स्किन है एकदम ओपी वाली स्किन है आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी चैनल को सब्सक्राइब करने पे आपको मिलेगा क्रिमिनल बंडल